ऊंचे भुवन तोर दे देवी भवानी मैया सार के ऊंचे भवन तोर डेरा के हे मां ऊंचे भवन तोर डेरा देवी भवानी मैया सारदा के ऊँचे भवन तोर डेरा देवी भवानी मैया सारदा ऊंचे भवन तोरे तेरा देवी भवानी पैया दारदा ऊंचे भवन तोरे तेरा देवी भवानी पैया दारदा ऊंचे जगत में नाम आपके ऊंचे आसन डारे ऊंचे जगत में नाम आपके ऊंचे आसन डारे ऊँच जगत में नाम आपके पूजे आसन डारे मा ऊंच जगत में नाम आपके के पूजे आसन डारे मा इन कहे मा इन दिल बेरा दर्शन देते तो ही मेरा देवी भवानी मैया मंदिर ध्वजा आप मन मंदिर ऊपर ध्वजा आपकी की तुई चोर लहरावे मंदिर ऊपर ध्वजा आपकी तुह चोर लहरावे माँ जंगल बीच में बसेरा कितनो प्यारो दरबार माता मैहर वाली सार का गो गौ जंगल बीच में बसेरा देवी भवानी मैया बात तो बिल्कुल सुनी है देखो आप कैसी सुने दीन दुखी पे माँ जग दीन दुखी की रखवाली तुम करती हो जग रखवाली करती, तो तो रख करती हो दिन तुम रखवाली करती हो जग तारन से कही हकीकत बात है कि जी जी लगन अगर भगवान से लगी हो तो राके से पूजे तो ही बेरा के बेरा देवी भवानी भैया मैयादार भवन तुम डेरा के भवन तुम डेरा देवी भवानी मैया शारदा हेू के भवन तुम डेरा देवी भवानी मैया शारदा मैया देवी भवानी मैया शारदा देखो